कहना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में ट्वेंटी टू परसेंट की बाइंड्री और इस तरह के प्रोडक्ट के साथ इस प्रोफाइल के साथ कोई भी कंपनी आपको नहीं दे रही है नहीं तो तकरीबन सारी कंपनियाँ दस से बारह परसेंट की बाइंड्री पर काम कर रही हैं यहाँ पर आपको ट्वेंटी टू परसेंट बाइंडरी मिलती है अब मैं आपको शेयर करता हूँ और आप किस तरह काम करके कितनी इनकम आप इसमें ले सकते हैं ये दोस्तों अब हम प्लान के बारे में बात करते हैं कि इनकम इस प्लान में कैसे ली जा सकती है हमारे यहाँ पर आपको रिटेल जो प्रॉफिट मिलता है वो 25 से 30 परसेंट मिलता है आपको हर प्रोडक्ट पे जो रिटेल प्रॉफिट आता है वो 25 टू 30 परसेंट आता है कंपनी आपको दो तरह के पैकेज प्रोवाइड कराती है एक बयालीस रुपए का और सेकंड चौरासी रुपए का बयालीस रुपए में आपको एक पॉइंट मिलता है चार पॉइंट मिलते हैं और सौ रुपए में आपको 9 पॉइंट मिलते हैं एक पॉइंट की जो वैल्यू है वो दो सौ है आपको बयालीस रुपए में आपको आठ रुपए का पेयर मिलता है और चौरासी रुपए में आपको जो इनकम मिलती है वो अठारह रुपए पर पेयर मिलती है बयालीस में जो आपको कैपिंग मिलती है वो छत्तीस पर डे है और चौरासी में आपको बहत्तर पर डे इनकम मिलती है एक दिन में हाईएस्ट इनकम आप बहत्तर ले सकते हैं मंडे को क्लोजिंग होती है और थर्सडे को पेआउट आपके अकाउंट में आ जाता है जैसे ही आप चौरासी से ज्वाइन करते हैं आपके लेफ्ट में एक ज्वाइनिंग आती है आपके राइट में एक ज्वाइनिंग आती है चौरासी रुपए से आपको इनकम आती है 1800 सौ रुपये नौ पॉइंट आपके लेफ्ट में हो गए नौ पॉइंट आपके राइट में हो गए अगर आपके लेफ्ट में बयालीसों की ज्वाइनिंग आती है और राइट में चौरासी की ज्वाइनिंग आती है तो आपके चार पॉइंट मैच करते हैं और पाँच पॉइंट आपके कैरी फॉरवर्ड चले जाएंगे जिस भी ए में अगर पॉइंट कैरी फॉरवर्ड होगा तो ए में रहेगा बी में कैरी फॉरवर्ड होगा बी में रहेगा इसमें कोई भी पॉइंट्स आपका लैप्स नहीं होता इसके बाद इसमें रिवार्ड हैं जो आपको पॉइंट्स के हिसाब से मिलते हैं जो नो no पॉइंट आपके लेफ्ट में होते हैं नो पॉइंट आपके राइट right में होते हैं जितना भी आपका ज्वाइनिंग लगती रहेगी, ये पॉइंट मैच करते उसके हिसाब से आपको ये रिवार्ड मिल जाएंगे जिसकी पीपीटी आपको दिखाई जा रही है और इसके लिए कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है कहीं भी प्लान में कोई भी कंडीशन नहीं है जब भी जितने भी लेफ्ट और राइट right की मैचिंग होगी रिवार्ड्स की आपको उस हिसाब से आपको रिवार्ड मिल जाएंगे कहीं से इस पूरे इनकम को लेने के लिए आपको कोई भी रीपर्चेज या किसी तरह की भी कंडीशन पूरे प्लान में आपको नहीं है यह है सर आपका बाइंड्री प्लान अब हम बात करेंगे रीपर्चेज प्लान की रीप्रचेज प्लान में आपका जो फर्स्ट रैंक होता है वो 12 प्रतिशत का होता है आप जिस दिन कंपनी में ज्वाइन होते हैं आपका रैंक बारह का होता है और ये तीस हजार तक जब आपका और आपकी टीम का एक्यूमिनेटेड बिजनेस तक ये तीस बारह प्रतिशत रहता है जैसे ही आपका तीस हजार से ज्यादा बिजनेस हो जाता है आपका रैंक चौदह प्रतिशत तक हो जाता है अब आप, आपके डाउन में अगर कोई बारह प्रतिशत पे है और आप चौदह प्रतिशत पे हैं तो दो परसेंट की आपको डिफ्रेंशियल इनकम आएगी यहाँ पे डायरेक्ट uh, का आपको आपकी डायरेक्ट में जितनी सेल होती है उसका टेन परसेंट आपको आता है यानी कि डायरेक्ट रॉयल्टी जो है वो दस प्रतिशत की है उसके बाद आपका जैसे ही सवा लाख को बिजनेस क्रॉस करता है एक्यूमलेटेड पिछला मिला के आपका रैंक जो होता है वो हो जाता है सोलह प्रतिशत जैसे ही आपका सवा लाख से क्रॉस करता है और ढाई लाख तक आपका रैंक रहता है अठारह और लाख जैसे ही सवा लाख का आपको क्रॉस करता है आपको फर्स्ट डेजिग्नेशन मिलता है वन स्टार जैसे ही आपका बिजनेस ढाई लाख को क्रॉस करता है आपका जो इनकम परसेंटेज लेवल हो जाता है वो बीस प्रतिशत हो जाता है और आपको डेजिग्नेशन मिलता है टू स्टार जैसे ही आपका बिजनेस चार लाख को क्रॉस करता है आपका डेजिग्नेशन हो जाता है थ्री स्टार और आपका जो परसेंटेज लेवल हो जाता है वो ट्वेंटी टू परसेंट हो जाता है जैसे ही आप साढ़े नौ लाख का क्रॉस करते हैं एक्यूमलेटेड पिछला मिला के पिछला सारा इसमें बिजनेस जोड़ा जाएगा ये टोटल प्लान एक्मलेटेड है आपका डेजिग्नेशन हो जाता है फोर स्टार और आपका जो परसेंटेज लेवल हो जाता है ट्वेंटी अब और जो आपका गैप का जो भी इनकम जिस परसेंटेज के हिसाब से होता है आपको मिलता रहता है ये हाईएस्ट लेवल पे जाएगा चौंतीस प्रतिशत तक जिसकी मैं आपको पूरी प्लान की प्रिंट दिखा रहा हूँ इसमें से देख के आप समझ सकते हैं जैसे ही आपके नीचे तीन फोर स्टार आएंगे आपका लेवल चला जाएगा ट्वेंटी सिक्स और आपका डेजिगनेशन हो जाएगा सिल्वर सिल्वर पर एक इनकम शुरू होती है यहाँ पर आपको आपकी टीम के चेक का चार प्रतिशत मिलता है आपकी टीम जितनी भी इनकम करेगी उसका चार प्रतिशत आपको इस लेवल पर पहुंचने के बाद मिलता रहेगा यहाँ पर एक आपको दो परसेंट की रॉयल्टी शुरू हो जाती है बाकी ये पूरा प्लान मैंने आपको दिखा दिया है आप इसको स्टडी कर सकते हैं दो दो परसेंट का आपको कार फंड ट्रैवल फंड हाउस फंड और बाइक फंड मिलेगा और साथ में हर लेवल पर आपको दो दो की तीन जगह रॉयल्टी मिलेगी और एक एक लास्ट के दोस्त पे रॉयल्टी मिलेगी तो ये है दोस्तों हमारा इनकम प्लान मैं आपको एक बात ज़रूर दोबारा से कहना कहना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में 22 टू परसेंट की बाइंड्री और इस तरह के प्रोडक्ट के साथ इस प्रोफाइल के साथ कोई भी कंपनी आपको नहीं दे रही है धन्यवाद धन्यवाद